ओए सुन इंस्टा क्यों चला रहा है पढ़ लिया थोड़ा क्यूँकी सुन अभी आ गए अब पढ़ ले फिर। अभी ना पढ़ा तो पास हो पाएगा ना फिर चाप्तर, चाप्तर जा अपने क्रश से ध्यान हटाए जा रख दे फ़ोन ऐसी पढ़ ले जरा। तुझे लेना तो बड़ा है बंदे ओए अभी भी यहीं है चल पट